are isake hoy me gusta es un poco mereekiraa mein chalna se mereekiraa mein chalna finally it goes will be good